गुलाबी बिंदे हो गई मेरे सपने गुलाबी बिंदे हो गई जमा के तेरी बाहू में लोआ के तेरी बाहू में ने ने खो गई कहा हाजिर है जान जाने से रहे जान जान मन जान की कसम तेरे नाम से शरूम तेरे खत्म तेरे खुशी से खुशी तेरे गम से गम मेरे प्यार की उम्र हो तरी सलाम तेरे नाम